और एक चौपाई सुन ले किसकंदा कांड की चौपाई नोट कर लेना चौपाई सबके मुख पर रखी है लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते हैं इसकी ताकत नहीं जानते हैं इस चौपाई में बहुत ताकत है चौपाई है कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो होता तुम पाही ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंग के खड़े हो जाते हैं हे हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो आप सफल ना कर पाओ और फिर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना हम वचन दे करके कहते हैं कहीं पर भी असफल नहीं हो नहीं होगे नहीं होगे गई आशीर्वाद